जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में या तो आपकी संगति बुरी है या आपकी सोच छोटी है अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आप आईने में देखिए क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा मिलता है भाग्यशाली इंसान तो वे हैं जो उन्हें मिलता है उसी को वे अच्छा बना लेते हैं जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको जीवन मिलना भाग्य की बात है मृत्यु होना समय की बात है लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है डूब कर मेहनत करो अपने आज में ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो हर उस मुश्किल से भिड़ जाओ जो तुम्हारे सपनों को सच करने में मदद करे अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है ज़िंदगी में किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत कर आगे बढ़ना चाहते हैं अगर आप अपनी गलतियों के लिए खुद लड़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको कोई हरा नहीं सकता ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं जीतने की इच्छा सभी में होती है लेकिन जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत ही कम लोग करते हैं